पेप्सी को पहली नज़र में देखकर आपको लगेगा कि शायद ये पीपल फार्म की सबसे हैप्पी डॉग है लेकिन जब मैं इसकी कहानी आपको बताऊंगी तो आप ये जान जाएंगे कि ये फार्म पर सबसे बदकिस्मत डॉग है पेप्सी जब एक महीने की थी तब उसकी मां लता को हमें ट्यूमर के इलाज के लिए गांव से यहाँ फार्म पर लाना पड़ा था और यूँ तो बच्चों को अपनी माँ से अलग करना सही नहीं है लेकिन हम मजबूर थे लता को कैंसर के इलाज के लिए दवाईया दी जा रही थी जिस वजह से वो अपने बच्चों को दूध नहीं पिला सकती थी इसलिए ऐसे, ऐसे मांग मांग के ले गए थे जैसे रिश्ते के लिए लड़की को मांग के ले गए जाते हुए उनके घर परिवार का हिस्सा भी बन गई लेकिन जब एक दिन उन लोगों को विदेश जाने का मौका मिला तो पेप्सी के प्रति उनका रवैया बदल गया और वो उसको यहाँ पे ऐसे छोड़ गए ससुराल जगह नहीं थी, तो हम थी इसलिए हमारे स्टाफ के कुछ सदस्यों ने अपने घर में जिसे हम हवेली कहते हैं उसे वहाँ फॉस्टर करने का फैसला लिया और यहाँ एक बार फिर से उसकी मुलाकात अपनी बहन मिरिंडा से हुई जिसे हमारे मैनेजर प्रतीक ने अडॉप्ट किया था। लेकिन एक दिन तो जगह बना कर हमने पेप्सी को फार्म पर शिफ्ट किया जहाँ वो अब एक कैनल में रहती है लेकिन इस सब के बाद भी वो मायूस नहीं लगती वो दिन में एक बार वॉक पर जाती है तंत्री के साथ खूब खेलती है और अपनी चुलबुली हरकतों से सभी का दिल लगा के रखती है कुछ लोग खुशकिस्मत पैदा होते हैं और कुछ बदकिस्मती में भी खुश रहना सीख जाते हैं